गए जी अगर आपने अपने चैनल पर दस से पंद्रह वीडियोज अपलोड कर दिए हैं फिर भी आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको दो स्टेप में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके व्यूज को डेफिनेटली इंक्रीज कर देगी बट आपको वीडियो को पूरा देखना होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं तो so, फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या होगा आपको क्रोम ब्राउजर पर चले आना है देन यहाँ पर आपको सर्च करना है रेपिड टैक्स देन इसकी मेन वेबसाइट पर चले जाना एंड आपको अपने वीडियो का टाइटल यहां पर सर्च कर लेना है देन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है गाइस इतना करने के बाद आपको एक ऐप पर चले आना है जिसका नाम है ट्यूब बडी एप्लीकेशन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं ओपन कर करना है एंड टैग एक्सप्लोर पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपने जितने भी की वर्ड वहाँ पर स्क्रीन लिए थे अलग अलग करके इसको यहाँ पर पेस्ट करना है एंड देखना है जिसका सर्च वैल्यूम ज्यादा हो एंड कम्पिटिशन कम हो साथ ही ओवरऑल भी आपका अच्छा हो ऐसे टेक्स को आपको कॉपी कर लेना है टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन में आपको अपने वीडियो में लगा देना है डेफिनेटली व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे